खड़ा दिल्ली दिल्ली रिपोर्ट बढ़िया छत्तर रूपए छाई सात मिनट है सात बच्चे लगे बच्चा kanach team ni narano ni aa ja koi ni rapper